या देवी सर्वूतेषु शक्ति तु जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सदा सुहन मत सारी दुनिया से ठोकर खा के मा तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया सारे दुनिया से ठोकर खाके सारी दुनिया से करी खा के मेरी शरण में आ गया मेरी शरण में आ गया पार करो मेरी पार करो मेरी नैया माँ तेरी शरण में आ गया मैं तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से छोकर खा के सारी दुनिया से छोकर खा के माँ तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में पिता बंधु भाई कोई न हुए है मैया सहाई माता पिता बंधु और भाई कोई न हुए मैया सहाई अब उधार करो मेरी मैया उधार करो मेरी मैया मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से के सारी दुनिया से के मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में चारों तरफ फैला है अंधेरा तेरी कृपा से होता सवेरा चारों तरफ फैला अंधेरा तेरी कृपा से मैया होता तो सवेरा अब कृपा करो मेरी मैया अब कृपा करो मेरी मैया माँ तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर खा के सारी दुनिया से ठोकर खाके मा तेरी शरण में आ गया तेरी शरण में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 मातेरी शरण में आ गया मातेरी तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर का सारी दुनिया से ठोकर का मातेरी तेरी शरण में आ गया मातेरी तेरी शरण में आ गया मातेरी शरण में आ गया। मा आ, आ गया बिगड़ी मेरी बना दे वो शेरा वाली मैया मेरी बना बिगड़ी मेरी, मेरी बना दे वो तेरा वाली मैया के लिए आंखिया कब ते तरस रही हैं दर्शन के लिए आखिया कब ते तरस रही हैं सामन के तेरा झर झर कब से बरस रही हैं सामन के तेरा झर झर कब से बरस रही हैं कब से बरत रही अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो को से रवालैया बिगड़ी मेरी बना दो को से रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो से रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो ओसे रवाली मैया अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो से रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना धनुओं को तूने मारा देवों को तू सहारा धनुओं को तूने मारा भक्तों को मां तू अपने कैसों देव दुबारा भगतों को मां तू अपने कह तो से गुबारा करुबारा चरणों में तू जगह दे चरणों में तू जगह दे बो तेरा वालि मैया मेरी मना दे वो तेरा वालिमैया तो गले लगा लो वो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना लो बिगड़ी मेरी बना दो तेरा वाली मैया तो बिगड़ी मेरी बना दो तेरा वाली मैया अरे अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो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 मैया जाता नहीं है खाली सब भगतों की मैया भर्ती हो तू झोली सब भगतों की मैया भर्ती हो तू झोली भर्ती हो तू झोली अब तो मेरी है बारी अब तो मेरी है बारी वो चेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे वो चेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी <wedge> <Kid -Takt sabote> मेरी बना दो वो चेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो वो चेरा वाली मैया अब तो गले लगा लो, अब तो गले लगा लो शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना लो शेर वाली मैया अगर मान्य ममता मा लुटाई न होती अगर मान्य ममता मा लुटाई न होती तुमता मई माँ कह न होती हो तुमता मई न होती द्वारे पे आए माँ हमको निहारो द्वारे पे आए माँ हमको निहारो कोई हुई तके धीरे समारो कोई हुई तके धीरे समारो मगर मान ज्योति जलाई न होती मगर मान ज्योति जलाई न होती तो ममता मई मा ई न हो तो ममता मई माँ कही न होती हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए हमारा तो हक़ है, है हमें रूख जाए हमारा तो हक़ है, है हम रूख जाए अगर मां मनाने तू आई न होती अगर मां मनाने ई न होती ममता मई माँ कहाई न होती अगर माल मता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती फटकार देना मा दूत देना फटकार देना मा दूत देना मगर मेरी भोली मा लाल को प्यार देना फटकार देना, देना मा दूत देना मगर मेरी भोली मा लाल को प्यार देना मगर मेरी बोली माँ लाल को प्यार देना अगर मान भी बेड़ी बनाई न होती अगर मान भी बेड़ी बनाई न होती तो ममता मई माँ कही न हो मगर मान मता लुटाई न होती मगर मान मता लुटाई न होती तो ममता मयी माँ कहाई न होती तो ममता मयी माँ कहाई न हो माकर कसुमर कर लो माता रानी कसु कर लो जीवन का हर कलेश मिटेगा माता रानी कसु कर लो जीवन का हर कलेश मिटेगा का हर कले तो मिटेगा जीवन का हर कले ऐसी मिटेगा जीवन का हर कले से मिटेगा जीवन का हर कले तो मिटेगा माता का माता रानी का, का तुम रंग कर लो जीवन का हर करे से मिटारानी कदम तो कर लो जीवन का प्रथम में बुलाचारणी मनाना पुत्र बुलाना धर्म बर्मचारिणी को मनाना इस चंद्र घंटा आई तो तीसरे चंद्र घंटा आई तो आनंद नंद आनंद मिलेगा माता रानी का हर करे मिठेगा जो आएंगे जो आएंगे तेरा कर चो मरेगा माता नानी कदम कर लो जीवन कार्य करे दात्री ओ सीधी दात्री जो घर में आएंगी सीधी दात्री जो घर में आएंगी तो मिठेगा कब मिले कर लो जीवन का हर कद से मिठेगा जीवन का मन का हर कले से मिटेगा जीवन का हर कले तो मिटेगा माता रानी का माता रानी कसम कर लो जीवन का, का, का हर कले से मिटेगा माता रानी कसु मिलने कर लो जीवन का हर कले से मिटेगा का मनकर कलित मिटेगा जीवन मनकर कलेत मित